तेरा सूट नी तेरी कहानी तेरा नखरा जवानी झटकी तेरे सैंडल सेंडल तेरी चार मुरनी ज तोर घोड़े लग दी कमार नी तेरा सूट नीरी कहानी तेरा नखरा तो जवानी जबानी तेरे सैंडल तेरी चार मुरनी ज तोर घोड़े लग दी कमार नी तेरा हसना में